तो अभी अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे चेक नंबर लिखा इसमें हमने कहीं भी जीरो भी लगाया लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ कि मुझे एक चेक नंबर किसी से रिसीव हुआ उसमें जो है उसने जो है जीरो नहीं लगा रखा है इस तरह का अब मुझे इसको अपने अनेक्चर में प्रिंट करके भेजना है बैंक को तो यहाँ जीरो होना चाहिए तो इसके लिए हमने कस्टम पे गए और कस्टम पे गए यहाँ पे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम हमने जीरो को डाला और जैसे ही ओके okay किया जीरो सिक्स डिजिट को मेंटेन कर दिया जी हाँ सिक्स डिजिट को मेंटेन कर दिया लेकिन ध्यान रखिएगा जस्ट विजुअल है यहाँ पे जस्ट जीरो जीरो टू सिक्स थ्री ही है यहाँ पे एक्चुअल में 263 है बट वीज 00263 हो रहा है किसकी मदद से कस्टम फॉर्मेटिंग की वजह से कस्टम फॉर्मेट में हमने नंबर के अंदर कस्टम में हमने जस्ट क्या किया हुआ है सिक्स टाइम जीरो डाला हुआ है